भोपाल के मंदिरों में फाग महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है यह महोत्सव होली के दिन तक चलेगा फाग उत्सव के दौरान भक्तों द्वारा भगवान को अविर गुलाल लगाया जा रहा है साथ ही फूलों को प्राकृतिक तरीके से तैयार रंगों से होली खेली जा रही है भोपाल के राधा कृष्ण मंदिर में फाग उत्सव की शुरुआत हो गई है यह उत्सव सात मार्च को होली के दिन तक चलेगा मंदिरों में फाग उत्सव के दौरान भक्तों द्वारा भगवान को अविर गुलाल लगाया जा रहा है भक्त फूलों व प्राकृतिक तरीके से तैयार गुलाल की होली खेलते नजर आ रहे हैं लखेरापुरा राधा वल्लभ मंदिर इब्राहिमपुरा में भी ब्याहुला के साथ पर्व की शुरुआत की गई बाकी बिहारी मंदिर चौपदारपुरा में भी भगवान के समक्ष गुलाल और रंग रखकर होली के आगमन की, की सूचना देने के लिए फाग गीत गाए गए आपको बता दें फाग महोत्सव के दौरान प्रभु श्रीनाथ जी के पटोत्सव में रंगों से होली खेलते हैं